नेताओं को वोट बिजनेस में नोट सबको चाहिए पर देश बर्बाद हो तो हो नेताओं को वोट बिजनेस में नोट सबको चाहिए पर देश बर्बाद हो तो हो स्कूल में एडमिशन का लोट खाने में चटाक रोट सबको चाहिए पर देश बर्बाद हो तो हो शाम को प्यारे होठ दारू के साथ मोठ सबको चाहिए पर देश बर्बाद हो तो हो बाइक के पीछे लड़की होठ हंसते हुए मौत सबको चाहिए पर देश बर्बाद होते तो, पर देश बर्बाद होते